तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको फोटो में एक मैन दिखाई दे रहा है और एक जाता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है इस प्रकार फल का नाम हो जाएगा मैन प्लस गो बराबर मैंगो